टू डेज लीव नेक्स्ट वीक मैंने सिस्टम में डाल दिया है तो आपको अप्रूवल के लिए आगे होगा मेल uh, क्या है शादी है सर, वो आपने छुट्टी के लिए ठीक है बोला ना तो अरे मेरा मतलब था कि दोस्त की शादी है ना हम्म hmm? तो मिस कर सकते हैं फैमिली वाला इमोशनल चक्कर नहीं है एक सॉरी भेजो और पीछे छुड़ाओ एज इट इज यू हैव अ प्रोडक्ट लॉन्च दिस मंथ उस पर फोकस करो प्लीज yeah? मतलब मतलब मैंने रिजेक्ट कर दिया आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा छुट्टी hmm? मांगते रहते को काम करने वाला कोई है नहीं इस कंपनी में सब कुछ मेरे को देखना अबे गंजे है? क्या इधर उधर क्या देख रहे हैं तेरे से बात कर रहा हूं हाउ डेर बिल्कुल आज मैं बात करूंगा और तू सुनेगा तो गंजा क्या हो गया खुद को साकार समारने लग गया ये हर बार बच्चे हो तुम बच्चे हो तुम उसकी गोली जो पिलाता है ना तू ये फेक ज्ञान ये फेक कंसर्न अगले साल बेटर होगा ये सब जो तो बोलता है ना हर साल अप्रेजल में अबे तुझ जैसे बॉसेस की वजह से लोग कंपनी छोड़ते हैं कुछ तो बिना बिना नए जॉब लगे एग्जिस्टिंग नौकरी छोड़ देते हैं यार जस्ट टू अवॉइड ब्लड सकिंग पैरासाइट लाइक यू और अपने हक की छुट्टी मांग रहा हूं यार नेट बैंकिंग का पासवर्ड मांग रहा हूं क्या मेरी छुट्टियों पर मेरा हक है और किसी का नहीं नॉट इवन माई बॉस और मैं अपनी छुट्टियों के साथ क्या करता हूं कब करता हूं कैसे करता हूं वो मेरा कॉल है यार कंपनी ने ऑफर लेटर दिया था ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था उसमें भैया ये तुम्हारी छुट्टी है ले लो एंजॉय करो क्या हुआ उसका अगर नहीं लूंगा ना दे लाइक एवरी गुड थिंग इन लाइफ माई लीव वैफ एक तो सारा स्ट्रक्चर और हेरकी के नाम पर ना यह अप्रूवल प्रोसेस सिस्टम ने बना रखा है जिस वजह से हम जैसों को तुम जैसे से अप्रूवल लेनी पड़ती है और तुम यहां बैठ के इस पावर का इस पोजीशन का पूरा फायदा उठाते हो रॉप धारे दिन भर बैठ के हम बाहर बैठ के पिस रहे, है? रहे हैं हम पिस रहे हैं हमारे साथ हमारी छुट्टियां पिस रही है और तुम कर रहे हो ऐश क्यों वे हम क्यों करें सेक्रीफाइस बात बता एवरी सिंगल टाइम वाई डू वी है हर साल फैमिली वेकेशन में निकल जाता है कैसे जा रहे हो तू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हर साल क्योंकि हम बैठे हैं पीछे तुम्हारा काम सही करने को बस अपना सामान पैक करो आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई डालो और निकल लो काम उठाओ अपना दे दो किसी जूनियर को हम जैसा गरीब बैठा है ना काम करने के लिए प्लीज गेट इन टच विथ माई फेवरेट स्लेव नंबर एंड डिटेल्स आर गिवन बिलो बिकॉज आई हैव लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट टू वीक्स ऐसे है ना तू आउट ऑफ़ ऑफिस? नहीं? साला तुम्हारे निकलने के बाद जो गंध फैलता है यहां तुमको पता है दिन साला, दिन भर भर साला कॉल अटेंड करते पता तु, भी चलता है, ये। चलता है पता नहीं क्योंकि तुम तो रिलैक्स कर रहे हो ना यार तुम तो रिज्यूमेट कर रहे हो में। नहीं हमें शौक नहीं किया हमें शौक नहीं हम भी ऐसे ऑटो ऑफिस मार के निकल जाएं लेकिन हमारे पास लोग क्या है भाई हमारे अंडर है लोग किसके भरोसे निकल जाए काम छोड़ के हम तो साला छुट्टियों में भी घर पे बैठ के हगते हुए मुहते हुए खाते हुए साला ऑफिस के कॉल उठाते रहते हैं क्योंकि तुम जैसा है कि बहुत सबका ऑफिस में बैठा है जो व्हाट्सएप करता है और वेट करता है कब यह फोन देखेगा कब ये डबल टिक ब्लू टिक में कन्वर्ट होगी कब ये ऑनलाइन होगा कि मैं उसको फोन करूं और एक और काम दूं। घर में पेरेंट्स बैठे हैं फैमिली बैठी है लेकिन नहीं तेरा टीचर काम खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बात बता जब मैं घर पे होता हूं अपने फैमिली के साथ मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए तेरे मां बाप नहीं है क्या अभी है टेबल पे माँ बाप खाना लेके बैठे रहते हैं कि लड़का घर में है आज हमारे साथ खाना खाएगा खाना करना था तो ऑफिस में ही बैठ जाते छुट्टिया क्यों है सारा माँ बाप ताने मारते हैं यार कहते हैं बेटा यार जब ऑफिस का ही काम करना तो ऑफिस में कर लेते ना घर पे क्यों आए हो तुझे दीपक पता है आईटी वाला पता है वो अपने सुहाग रात के दिन पूरी रात अपने बॉस के साथ फोन पे था वो तो शुक्र है उसकी बीवी भी आई वाली थी तो अलग ही कॉन्फ्रेंस कॉल उनका चल रहा था अपना क्लाइंट के साथ बच गई उनकी शादी क्योंकि दोनों पिस थे इस सिस्टम के अंदर अब कितने एग्जाम्पल दू तेरे को भी संतोष याद पिछले महीने क्या हुआ था उसके साथ ऑपरेशन वाला सला हॉस्पिटल में बैठा था लेकिन अप्लाई नहीं कर सकता था वो इतने इतने खुशनसीब कहा है भाई हम हैं एक हाथ में साला ड्रिप की बोतल है एक हाथ में लैपटॉप बॉटल नहीं क्योंकि तुम्हें तो अपना कलेजा कैसे ठंडा होगा यार दुख नहीं दोगे हमको तो डेटा डेटा डेटा डेटा ले साल तेरे को डेटा चाहिए ना मैं देता हूं डेटा दुनिया में छुट्टी ना मिलने से वंचित देशों में पांचवें नंबर पर पता है कौन सा देश है भारत इसी रिसर्च के हिसाब से साठ प्रतिशत भारतीय जो ऑफिस जाते हैं उनको यह लगता है कि उनको छुट्टी मिलती ही नहीं है इकहत्तर प्रतिशत भारतीयों को यह लगता है कि उन, काम की वजह से या तो उन्होंने छुट्टी कैंसिल की है या उन्होंने छुट्टियां पोस्टपोन किया और सुन और डेटा लेगा यह देख बयालीस भारतीय काम के 40 की वजह से चालीस वर्क शेड्यूल की वजह से तीस अपने बॉस की वजह से इक्कीस रिप्लेस होने के डर से बीस बॉस को खुश करने की वजह से छुट्टी नहीं लेते यार और चाहिए डाटा? नहीं चाहिए तो बोल और क्या बोल रहा था तू क्या बोल रहा था कि दोस्तों की शादी अटेंड करना जरूरी नहीं है दोस्त मायने नहीं रखते अबे तू जानता है दोस्ती क्या होती है सारे जब मंथ एंड में ना मेरे अकाउंट में एक बियर खरीदने का पैसा नहीं होता तो यही दोस्त होते हैं जो मुझे उधार देते हैं साथ में बैठ के बियर पिलाते हैं जब इस पर कल्चर की वजह से सालों पुरानी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चली जाती है तो जख्म पे मरहम लगाने यही दोस्त आते हैं तू अप्रूव कर या ना कर मैं जा रहा हूं शादी में ठीक है क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए मायने रखते हैं तुझसे तो कहीं ज्यादा और नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा इस कमरे में तेरे साथ बैठूंगा तेरी तारीफों के झूठे पुल बांधूंगा कि तू मुझे अप्रेजल देगा प्रमोशन देगा नहीं नहीं मना मेरा तेरी चाटने का एक काम करता हूं यार कहानी खत्म करते मैं अप्लाई कर रहा हूं परमानेंट छुट्टी ठीक है अगले दस मिनट में तेरे मेलबॉक्स में मेरा रेजिग्नेशन आ जाएगा उसका प्रिंट आउट ले लेना उसकी बत्ती बना लेना और अपनी डाल लेना ठीक है बॉस बनो भगवान मत बनो